मैंने भगवदगीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सभी आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तहान है अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का भगवदगीता इस इम्तेहान को पास करने की एक अहम किताब है दोस्तों भगवदगीता में 18 अध्याय हैं। और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया समय समय पर भगवदगीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां भगवदगीता संपूर्ण सार को एक आसान रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया था ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं एक ब्याता को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्मयुग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती युद्ध के रण में। युद्ध रणभूमि में से कुछ पहले परमात्मा ने गीता, इस पवित्र गीता को भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति कल्याण के लिए दिया गीता परमात्मा द्वारा दी गई वो अनमोल किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए पूरी इंसानियत के लिए है, है, हम सभी आत्माओं के लिए क्योंकि आत्मा को परमात्मा के बारे में उसकी के बारे में, और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा रक्षा करनी होगी और इन्ही कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पर हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा सब मुझ में है और मैं सब में हूँ जो भी तुम छू सकते हो देख सकते हो चख सकते हो या सुन सकते हो वो सब मैं हूं ये नदियां ये पहाड़ ये सूरज ये ग्रहण ये चांद सितारे सब कुछ मैंने ही बनाया मैंने ही भगवान शैतान राक्षस और इंसान बनाया है मैं सर्वव्यापी हूँ सब में रहता हूँ सब में हूँ मैं हूँ मैं ही हूं सिर्फ मैं ही हूं मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूं मैं ये सस्ती युग ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने का हमेशा के लिए इस परमात्मा के साथ रहने का। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण पांच तत्वों से किया है हवा जल पृथ्वी और ईथर से जिसे हम छू के के के चख और देख के समझ सकते हैं पर खुद परमात्मा इन पांच इंद्रियों के समझ से बाहर है उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकते आत्मा पांच इंद्रियों के साथ वैसे ही जैसे एक लोहे का रोट जिसे खुद अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं होता अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे भगवद गीता समझाती है कि आत्मा जन्मी है इसे कोई भी नहीं मार सकता कोई जला नहीं सकता डुबा नहीं सकता काट नहीं सकता लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ता है इस परीक्षा के के लिए परमात्मा से बिछड़ आत्मा को पृथ्वी पे किसी किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है, दोस्तों। 84 लाख को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षाओं में बैठने के लिए हर मनुष्य को पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्र में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक केवगुणों से निकल के जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते रहते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर ही भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते और हमारे राजसिक गुण हमें श्यालु और लुभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ता है सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जुड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है यही वो द्वार है जिसे समझकर समझ कर ही को समझ सकती है पहला द्वार धर्म का होता है और शेर इसका प्रतीक होता है धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है धर्म वही है जो धारण किया हुआ है जिसे आपका दिल मानता है झूठ नहीं बोलना चोरी नहीं करना भगवान का निराधन नहीं करना दूसरों को नुकसान न पहुंचाना यही सब तो धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा भी करनी होगी दोस्तों दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है हर आत्मा हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी अच्छा बेटा अच्छी बेटी अच्छा भाई अच्छी बहन अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनिया के रिश्ते पर घर ही उतरेगी और इस पर इच्छा को पास करेगी तीसरा द्वार काम का है भगवदगीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईषा जैसी छह भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा क्योंकि इसके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा दिल पा सकती है दोस्तों चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं लगता है कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारे पृथ्वी पर वापस आने का और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन में मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं ये द्वार माफी का भी है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के भी मुक्ति पाई जा सकती है जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म अर्थ काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही होगा परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य संग वस्तुओं का त्याग कर देती है जो भी संसार में रहकर बनाया अब वो किसी और का होगा आत्मा अपने कर्मों के फैसलों के लिए चली जाती है आत्मा के हर अच्छे और हर बुरे कर्मों का हिसाब होता है अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नर्क चली जाती है नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलते हैं और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और एक नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा जिंदगी के चार स्तम धर्म अर्थ काम और को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों को से जाना जाता है से जाना पड़ता है लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती भागवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो वाल्मीकि जी ने रामायण लिख करके श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें चार धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा ही परमात्मा को पाया था पीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है इसे राजयोग कहते हैं क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा होता है एक मनुष्य अपनी आस्था अपनी श्वास प्रणाली अभ्यास साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते बहुत आसानी से पा सकता है इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी अंदर की सारी शक्तियां यानी हमारे शरीर के जितने चक्र हैं और उन कुंडलियों को समझना पड़ेगा आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है भगवत गीता में परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए योग ना भी समझ आए पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप पृथ्वी में जन्म लेना पड़ता है तो दोस्तों आइए इस भगवद गीता को पूरा पड़के इससे जिंदगी के असली मायनों को समझ ले परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपको इस भगवदगीता का संपूर्ण साथ पसंद आया हूं, तो निवेदन करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे शरीर की जो आत्माएं हैं या जो भी आत्माएं हैं वो अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्ति पाके परमात्मा के साथ रह सकें आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी ये चीज आसानी से समझ आए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ आपका दोस्त मनहर ज्ञानी जय